में में था। में था। में दो आठ दो पचे दस दो दस दो बारह दो छह दो छक्का और दो हम